मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जमाना बदल गया है हर चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच जानी चाहिए खबर अगर छपती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ जनसंपर्क मंत्री या मुख्यमंत्री की नहीं है विभागों की भी जिम्मेदारी है शिवराज ने कहा खबर गलत है तो उसका खंडन करें नहीं तो एक्शन लें अगर विभाग एक्शन नहीं लेगा तो मुझे एक्शन लेना होगा उन्होंने कहा सभी विभाग सोशल मीडिया का उपयोग कर अच्छी चीजों की मार्केटिंग करें इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के कार्यो की तारीफ भी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हर अच्छी चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच जानी चाहिए मैंने विभागों को पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं इसको गंभीरता से लीजिए कई विभाग सोचते हैं कि अगर कोई खबर छपी है तो हमें क्या लेना देना शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने लेकिन अगर आपके विभाग की खबर छपी है तो यह आपकी ड्यूटी है अगर खबर गलत है तो बताइए और अगर सही है तो उस पर एक्शन लीजिए नहीं तो मैं एक्शन लूंगा कोई भी चीज अनदेखी नहीं रहनी चाहिए खबर पढ़ो और देखो हाल ही में भोपाल नगर निगम की खबर आई थी 500 ले लिए आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन ध्यान देगा जब भी ऐसी खबर आए विभाग की बत्ती जल जानी चाहिए गड़बड़ हो तुरंत पकड़ो इसके बगैर चीजें ठीक नहीं होती आज मैंने बिठाया यहां भी और वहां भी जमाना बदल गया हर चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच में जाना चाहिए और मैं विभागों को भी कह रहा हूं मैंने पहले भी कहा अभी भी मैं कह रहा हूं इसको गंभीरता से लीजिए अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने आपके विभाग की गड़बड़ छपी है कोई खबर तो आपकी ड्यूटी है या तो आप बताइए कि वो खबर गलत है और अगर गलत नहीं है तो फिर एक्शन लीजिए और नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मैं जोड़ता हूं कोई भी चीज अनदेखी नहीं रहनी चाहिए खबर पढ़ो और देखो अभी मैंने देखा भोपाल में नगर निगम में कहीं छोटी सी बात है लेकिन आई वो पांच सौ रुपया ले लिए फलाना कर लिया ढंका कर लिया अब इस पर आप ध्यान नहीं दो कि कौन ध्यान देगा जब भी ऐसी खबर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जल जाना चाहिए गड़बड़े और तुरंत पकड़ो मुख्यमंत्री ने कहा अच्छी चीजों की मार्केटिंग होनी चाहिए लेकिन हम छोड़ देते हैं हमें क्या लेना देना हर एक डिपार्टमेंट का प्रचार प्रसार विभाग की ड्यूटी है अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा काम किया पुलिस के मित्रों ने कार्रवाई भी की और उसे सोशल मीडिया में भी डाला अच्छा कर रहे हो तो उसे सोशल मीडिया पर डालो सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करो इससे अच्छी चीजें भी लोगों के बीच जाएंगी गड़बड़ है तो एक्शन और नहीं है तो सोशल मीडिया और मीडिया का पूरी ताकत से खंडन करो जो चीज हम कर रहे हैं है वह पूरी ताकत से करें और लोगों के दिल और दिमाग में बैठनी चाहिए यह सिर्फ जनसंपर्क की जवाबदारी नहीं है यह जवाबदारी विभाग की भी है हर एक डिपार्टमेंट के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार आपकी ड्यूटी है जिले में अच्छे काम हो रहे हैं आपकी ड्यूटी है नवाचार कर रहे हैं जनता में आए आपकी ड्यूटी है अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें कार्रवाई भी किया तो सोशल मीडिया पर डाल रहे है। अब आप नहीं डालोगे तो कौन डालेगा साहब आप अच्छा कर दो तो डालो ना इस माध्यम का पूरा उपयोग करो ना जिससे अच्छी चीज हम भी लोगों के बीच में जाए गड़बड़ है तो एक्शन और नहीं है तो फिर सोशल मीडिया और मीडिया पर तो पूरी ताकत के साथ खड्डन करो जो चीज हम कर रहे हैं वो ढंग से प्रचारित होना चाहिए लोगों के दिल दिमाग में बैठना चाहिए ये केवल जनसंपर्क की जवाबदारी नहीं आप की है आप सबकी जवाबदारी है